Ah uh -huh. संत महात्मा सजन जनती आ, संत महात्मा सजन जनती विनती सुटियो आप भूल चूक होती रहे मोरा गुन करियो करियो लोसल नगरी धन है धन आ लोसल नगरी धन है प्रगटे परमानंद दर्शन से संकट कटे कट जाए भव के थावर से सावर भया भैया थावर से सावर भया सावर, सावर, सावर।, सावर, सावर सत्यानंद मस्तक पंजाधर गया बाबा निर् खाकी से गिरी भया आ, आ, आ, आ खाकी से गिरी भया गिरी विवेकानंद मस्तक पंजादर गया बाबा श्री सत्या पूरन पर मा नंद बाजी पूरन पर जी बाप जी ओरण पर जी ओरन पद बाम पद पी स्वामी राजा ऊरन पदसल में प्रकट सुख सागर आबो सा दूरन पर मानन दूरन पर मानन बाप जी बाप जी बाप जी पूरन परमार गोविंद बाबोसा होतन परमार परबो परसे हार लिया जी दादा मोरा छा Zare zare zare, zare zare ne ne ne ne, zare zare zare zare, zare mabad.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 सती सेवक शरण में आया आया आ सेवक सेवक शरण में आया बाप जी रा पर चाया मिला मनोरथ यम का बाबू जी परम परी बाबू सान पर जी <laughs> प लिया दी दादा मोरा पूिनी रंग बात पूरे पर लिया जी भरोसा पर पूरे म tap ji tap ji me yeah.